मैं साक्षी आज एक नई कविता लेकर आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ कविता का शीर्षक है थोड़ी कोशिश करते तुम, तो, थोड़ी कोशिश करते तुम, तो, थोड़ी सी हम भी करते थोड़ी कोशिश करते तुम तो, थोड़ी सी हम भी करते क्या ही होती शिकायतें फिर जो थोड़ा झुककर दोनों चलते आधी रह जाती कुछ बातों को कभी पूरा करने को बोलते आधी रह जाती कुछ बातों को कभी पूरा करने को बोलते जीवन भर कौन टिकेगा भला चलो थोड़ी दूर ही साथ चलते थोड़ी अपनी कह लेते थोड़ी मुझको कहने देते थोड़ी अपनी कह लेते थोड़ी मुझको कहने देते कभी झूठी हंसी में अपनी चिड़चिड़ाहट अपनी दबा लेते थोड़ा तुम पीछे चल लेते थोड़ा मुझको आगे बढ़ने देते थोड़ा तुम पीछे चल लेते थोड़ा मुझको आगे बढ़ने देते थोड़ा सा देकर अपना सहारा थोड़ा सा देकर अपना सहारा मुझको बड़ी सी हिम्मत देते थोड़ा खुद भी रो लेते थोड़े से आंसू मेरे रोक लेते थोड़ा खुद भी रो लेते थोड़े से आंसू मेरे रोक लेते क्या ही फर्क पड़ता हाथों को कुछ बूंदों को जो ज्यादा समेट लेते थोड़ी देर और रुक जाते थोड़े भक्त के लिए भक्त को इंतजार करवाते थोड़ी देर और रुक जाते थोड़े वक्त के लिए वक्त को इंतजार करवाते जो थोड़ी कोशिश करते तुम तो थोड़ा खुलकर तुम जी पाते थोड़ा थोड़ा कर कर ही कुछ बड़ा कर जाते थोड़ा थोड़ा कर कर ही कुछ बड़ा कर जाते तो आज यादों में नहीं दिल में सबके तुम रह जाते तो आज यादों में नहीं दिल में तुम सबके रह जाते हम कितनी बार ही अपनी जिद को अपने गुस्से को अपने दर्द को सारी ही इन चीज़ों को अपने आगे रखकर उन चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर देते हैं जो एक बार हमसे दूर हो जाएं तो फिर हमें कभी वापस नहीं मिलती हैं। थोड़ी सी कोशिश कीजिए थोड़ी सी कोशिश काफ़ी है उन चीज़ों को आपके पास रखने में जिनके दूर होने के बाद वो आपको कभी नहीं मिलने वाली धन्यवाद